सांस नहीं आ रही जहर देती जा मुझे सांस नहीं आ रही जहर देती जा मुझे अकेले मरने क्यों छोड़ दिया ये बात अब किससे पूछें अकेले मरने क्यों छोड़ दिया ये बात अब किससे पूछें आंसू नींद कुछ भी तो नहीं आ रहा इन आँखों में आंसू नींद कुछ भी तो नहीं आ रहा इन आँखों में तू ही बता ये दिल हर पल क्यों ढूंढता है तुझे तू ही बता ये दिल हर पल क्यों ढूंढता है तुझे क्यों ढूंढता है तुझे